यार ठीक क्या क्या क्या क्या है ये ना ना पहले को कॉल कर उसका नंबर नहीं लग रहा मर गया था क्या? क्या हुआ हम इस गंदे घर में रहेंगे आपने जैसा बोलता मैंने वैसा किया अब तो यहाँ से है। अब यार यार क्या कर सकते हैं यही पे रहना पड़ेगा। पापा ने क्यों लिया? हाँ इसकी स्क्रीन भी टूट मैं न्यू फोन इसको तो फेंकना ही पड़ेगा हाँ। ये बहुत खराब देख पीछे से भी बहुत खराब है कौन है? कौन है बाहर कौन है बाहर? सकते? Hey दिया ना आपको ये शराब देती हूँ तुम कभी अच्छे से नहीं रह पाओगे तो मेरा पेट इतना कर रहा है सारा से कहते ना मैं कुछ कुछ कुछ बना बना दे हाँ, बोल यार मेरे को बहुत लगी जो किचन में वही हाँ। यही था तो बोला पाल्टी देखी पर उसकी पाल्टी नहीं लेते चलो आओ। इधर। है? हाँ ये सब छोड़ो ना इसे सोच के तो हमें खुद ही डरना है हाँ यार तू सही क्या है तू भी सही क्या तो। पर यार मुझे अपने कमरे से बहुत डर लग रहा है मुझे अरे तू चल तू बहुत सुना मैंने छत पे जा रहा चलती हूँ था भी कोई नहीं था यहाँ पे तो बस कितना गंदा है कूड़ा तू छुप रहा चल इतनी है कि वो के बोलिए मैं तो भी। तो, तो, अगी अगी तो मत मत मत भी मत से कर। ठीक हो? आई नहीं मारे थी क्या चलो के बच्चे इसको आई मीन तो बहुत नूतन पता लगा लेती हूँ इसको वैसे डर भी है ओके। चलिए चलिए चलते हैं आपको। नहीं मुझे। कितनी हर हर अलग अलग जगह पे कैसे अरे आ तो गए इतनी भद्दी ही है है अभी क्यों रही ऐसा खाने में क्या बनाया भिंडी रोटी प्यास बस तुझे यही बनाने आता है और मुंह बस नहीं है मैं तेरे मुँह चलाते